कटनी में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की मांग वर्षों से की जा रही है लेकिन शासन प्रशासन इन मांगों को सुन ही नहीं रहा जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन के अधिकारी और अन्य संगठन प्रशासन के सदबुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं जब तक जनता सड़कों पर न आ जाए तब तक नेताओं के कान में जू नहीं रेंगती है कोई भी विकास कार्य हो शासन और प्रशासन उसमें लेट लतीफी कर ही देती है वहीं मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अन्य संगठनों के सदस्यों द्वारा कई वर्षो ऐसी मांग की जा रही है लेकिन उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा और अब अपनी मांगों को लेकर संगठन मदई मंदिर में सरकार के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहा है जिले में पिछले 20 सालों से मेडिकल कॉलेज की मांग लगातार रही है 2016 से हम लोग लगातार इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विधायक जी से मिल चुके हैं और कई बार मांग कर चुके हैं लेकिन इसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी कई बार मांग करने के बाद हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पोस्ट कार्ड के माध्यम से तीस पोस्ट कार्ड की एक डिमांड रखी है जिसको हम लोग पूरा कर रहे हैं